राधे राधे फ्रेंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑफिशियल प्रिया बंसल में आज मैं लेकर आई हूँ ये बिग पोशाक लड्डू गोपाल जी की जो मैं इस टाइप के फैब्रिक से बनाने वाली हूँ और इसमें मैं इस टाइप के अपनी गोल्डन कलर की लेस लगाने वाली हूँ मैचिंग की तो चलिए मैं इनका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ तो देखिए लंबाई में बता देती हूँ आपको साढ़े छियालीस के आसपास मेरी ये लेंथ आ रही है इसकी मैं व्यर्थ भी बता देती हूँ आपको इसकी वर्थ नाइन मेरी मैंने इसके बराबर की आरकंडी काट ली थी मैं इसकी उपकरण का साइज भी बता देती हूँ आपको ये लेंथ तो उतनी रहेगी सिर्फ मैं व्यथ बता देती हूँ आपको मैंने फोर इंच है इसकी वर्थ अब मैं इसकी चोली की लंबाई भी बता देती हूँ मैंने कितना इंच लिया है कपड़ा चोली मैंने पौने दस के आसपास ली है ये देखिए इसकी मैं वर्थ बता देती हूँ आपको पौने सात के आसपास मैंने ये चोली की ली है क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा इसलिए लिया है क्योंकि मेरी ये चोली जो है देखिए इस टाइप से यहाँ से सिली हुई है तो मुझे सेम बनानी है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए तो देखिए मैं इसको सिलाई को लेफ्ट साइड से मार ली हूँ ताकि मेरी फिनिशिंग अच्छी आए पहले मैंने बुकरम लिया है फिर आर्कंडी फिर ये उल्टा कपड़ा लिया है मैं यहाँ से लेकर सिल लूँगी और फिर इसे पीछे साइड से फोल्ड कर दूंगी ताकि मुझे ना सिलाई लगाना पड़े और ना ही मेरा कपड़ा वेस्ट जाए ओके तो मैं सिल के दिखाती हूँ आपको देखिए मैंने ये सिल दिया है लेफ्ट साइड से और मैंने इसको उल्टा करके सीधा कर लिया है और मैंने इसमें सिलाई भी लगा ली है ये देखिए अब देखिए हम इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे और मैं इसको थोड़ा-थोड़ा इसे फोल्ड कर दूंगी ताकि यहाँ से भी मेरा फिनिशिंग अच्छी आए तो दोनों साइड से करके कर लेंगे ओके तो देखिए मैंने ये दोनों साइड से सिलाई लगा ली है अपनी ये देखिए मेरे नीचे भी सिलाई सिल चुका है पूरा ये कंप्लीट हो चुका है अब मैं क्या करूंगी इसमें मैं अपनी ये गोल्डन वाली लेस अटैच करके दिखाऊंगी चलिए मैं ये लेस अटैच करके दिखाती हूँ आपको तो देखिए मैंने ये लेस अटैच कर ली इसमें ये देखिए पूरी में लेस अटैच हो गई है मेरी अब मैं क्या करूँगी मैं इस गोटे को फोल्ड करके यहाँ से पूरे में ये लगा लूँगी ताकि मेरा इससे और अच्छा लुकाए तो चलिए मैं इस गोटे को लगा के आपको दिखाती हूँ तो देखिए मैंने ये गोटा अटैच कर दिया है अब मैं ये गोल्डन गोटा दोनों साइड भी अटैच कर लूँगी तो मैं इस, इसका बेस कम्प्लीट करके दिखाती हूँ आपको तो देखिए मैंने ये गोटा भी अटैच कर लिया है देखिए दोनों साइड से ये गोटा अटैच कर लिया है मेरा बेस बनकर रेडी हो गया है और मैं इसकी चोली तैयार कर लेते हैं देखिए मैंने ये चोली सिल ली है इसमें गोटा भी लगा लिया है ये देखिए ये चोली की मेरी वर्थ है तीन इंच है इसकी लेंथ बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको दस के आसपास है अब मैं यहां से लेकर इसको यहाँ तक सिलाई लगा लूंगी तो ये देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया है अब मैं क्या करूंगी अब हम इसकी बाजू बाजू मैं ढाई इंच तक यहां तक सिलाई लगाऊंगी ढाई इंच तक और इसको यूं सिलाई मार दूंगी तो चलिए मैं करके दिखाती हूं आपको मेरी चोली वन का रेडी हो चुकी है ये देखिए अब मैं इसकी कमर नाप के आपको बताती हूं ये पौने दस के आसपास इसकी कमर है चलिए हम अपनी घेरे में प्लेट्स भर लेते हैं तो देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली है और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है तो अब हम इसमें प्लेट्स भरेंगे तो चलिए प्लेट्स भर के मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके प्लेट्स डालेंगे बस तो देखिए मेरा ये घेरा बनकर रेडी हो चुका है मैंने इसकी क्रीज भी बना ली है ये देखिए देखिए मेरा कितना परफेक्ट घेरा बना हुआ है और हम इसमें चोलिया अटैच करेंगे चोली अटैच करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूं इसका तो देखिए मेरी पोशाक बनकर रेडी हो चुकी है ये देखिए अगर मेरी वीडियो अगर मेरी ये पोशाक आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए चैनल को सपोर्ट कीजिए राधे राधे